आज मैं एक अमेजिंग मोटिवेशनल करने वाला हूँ की गहराई को समझ पाए तो आप इस वीडियो से काफी कुछ सीखने वाले हो। एक जंगल में एक रहता था। वो बड़ा ही खुश और मस्ती में रहता पर एक बार उसने देखा उसे एक सुंदर पक्षी दिखाई दिया वो उस पक्षी के पास तुरंत ही गया उस पक्षी का रंग सफेद था कवे ने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है पक्षी ने कर हंस कर कहा हंस कौवा बड़ा खुश हुआ और खुश होकर कहा यार तुम तो बड़े सुंदर हो सफेद भी हो तुम्हे तो बड़ा मजा आता होगा जिंदगी जीने में लेकिन हंस ने कहा नहीं मुझसे ज्यादा भी कोई और सुंदर है कौवा हैरान हो गया और कहा कौन कौन है जो तुमसे भी सुंदर है हंस ने कहा कौवा तुरंत व उठकर तोते तुम तो बड़े खुश रहते होगे। तुम इतने शानदार जो दिखते हो तोता मायूस हुआ और कहा नहीं मुझसे भी शानदार और सुंदर तो मोर है कौवा वहाँ से उठकर मोर को ढूंढने लगा उसने कई दिनों तक मोर को ढूंढा मोर उसे नहीं मिला लेकिन कुछ दिन बाद उसे पता चला मोर शहर में एक चिड़ियाघर चिड़ियाघर में कवा पहुंचा और उसने मोर को देखा काफी लोग मोर के साथ फोटोस कर रहे थे ये देखकर कर को थोड़ी जलन हुई कौवा मोर के पास गया और कहा यार तुम्हारी जिंदगी में तो मजे ही मजे है मोर उदास हुआ और कहा किस बात के मजे मैं भले ही दिखने में शानदार और सुंदर हूँ लेकिन मेरी पूरी जिंदगी इस बंद पिंजरे में ही गुजरने वाली है मोर ने कवे से कहा यार तुम बड़े किस्मत वाले हो खुले आसमान में जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो दोस्तों याद रखना तुम अपनी जिंदगी में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना वरना एक दिन एहसास जरूर होगा की तुलना करना गलत बात थी लेकिन तुम्हारे पास वक्त नहीं होगा खुद का कुछ करने का उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी काफी पसंद आई होगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना इसी तरह के पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए